ोकाम रणरंगधीर राजीवरेन्द्र रघुवंशनाथ्यूपर श्रीरा श्रीराम जय राम जय Ore Ram Kahan, Sree Ram Jay Ram Jay Jay Ram, Sree Ram Jay Ram Jay Jay Ram, Sree Ram Jay Ram Jay Jay Ram. Kahan sunakla be, kahan sunakla be. I'll be here. छंक के तारे राजे ओछ पियंक के तारे बेसूर्य मनुष्य के सूरज बेरख फुल के उठिया रे बेसूर्य मनुष्य के सूरज बेरख फुल के उठिया रे राजीव नयन Oh. Yeah. Oh, oh, oh. भंग प्रभु करके भेष भिक्षु का धरके, कह करके।, करके।, करके उस जनक सुदासीना को बल से ले गया हरके, उस जनक सुदासीना को बल से ले सुन लायो की सेवा में रघुवर को लायो संदेश सदेश हो जायो आर सत नाय प्रभु का निशानी